फुंपा? मैं को टाइम पे देखियो थाली लिया खड़ी रहे टाइम संकोत को के? यार आदमी संको तो जावा। संको क्या आवे? आवे आंगन में लुगाई खड़ी रहे मेरे बोलो मैं सारे लगूंगे Uh, को जर बीन गाड़ी लगो, बबरात में लगो बी बेजती ना करे ते बेरो नहीं सापा मनापा खर्चा का नहीं ही सीधा भंडारा करियो नहीं क्या खर्चो करा कर दिया थे मेरा अब दुकाव पर छोरिया देख सी तो मैंने क्या कैसे कैसे देखी तू काला उठा बीना मरने बात छोरिया की कह दिया मर्डर कर दिया बढ़िया तो मैं दारू है मार बैठी तो मैं सो सो सो तो यार अरे सारा वापिस यारू प्यालो पी तू रहन दे डी तो तो चलो हार बकर गाड़ी स्टार्ट कर लगा दी सा जिंदगी अठा अबली कोई मरते ना गवाहिया महाराज चांदनी एक मिनट गाड़ी रोकियो गाड़ी रोके रोकी रो भाई रोकी रोकी अरे बात होगी मैं थोड़ी सी दो मार मिंदर आ रही मारिया तो मारिया फटी अरे कुर्सी देवी आप आुंपा मारी कुल देवी नहीं है ही दुकान थे कौन दुकों तू चादरा कर फुंपा गांव है अरे वो रेडी ब्रास है अरे ओ खटेसी पड़े अरे वो चूरू जिले की तारा नगर तहसील में पड़े तो तो फंपा फुम, बोली दूर में पड़े गांव में कदी पड़या पानी तू तने गांव में ही फिरा मनिया लागे फंपा ई गांव ने नहीं संभाग घोषित कर देनो चाहिए इडेडे कोई गांव है गांव तो मार ले जडो है मैं को एक उगली मारता है नहीं गांव सो भेळ हो जाए ए बा फंपा ठंडाल दुकान कोनी इतता अरे आग ही अब थोड़ी सी दूर और है मजा आया की कैपेसिटी थी नौ नौ नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा जा तेरी ना वीता बस मैं अटक गया रुको जरा सबर करो चेस चेस बोलो यार चेस चेस चेस चेस चेस, चेस. चेस।, चेस।, चेस। <स्ष़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़�> फुम्पा मेरे तो बस एक ही चीज की टेंशन हो रही है वह लुगाइए नहीं वह मेरे कनी नहीं देखनी चाहिए और खास तौर पर जी फेरा बैठू नहीं वह बै तो बिल्कुल ही नहीं देखनी चाहिए इं करे भाया की कहनी हो है? तो देखी फूंपा मैं ये को, फेरा फेरा के टाइम में, में जानते आ, आ, आ, तो गलत बात है विश्वासघात करो कं देख लियो फेरी नहीं बैठा दूला अरे फूंपा की है वो भोड़ो भोड़ो ही रह गयो मारू कोई बैठे आ, सही है भाई कहकर ना कह सातो दोस्त वही हुआ जो कि मुसीबत में काम आ थे है सारा सारा यहाँ दिखाओगा ही दोस्तों बट कोई बात नहीं कभी मेरो ही टाइम आओगो मैं आप कौन बैठू फिर हम अरे ओ कैमरा मैन तेरे सागे कितना रुपया में बात अग है पैंतीस हजार में हाँ तो तू तैतीस के रुपया ले लीजिए बड़े तू तो एक काम करी मेरे ढुकाव है नी टाइम पर फेरा लगे टाइम का थारी मतलब मैं मैं वीडियो लाइटिंग लाइटिंग एकदम है मतलब मेरे लिए पूरा ले थे नहीं नही गाड़ी में उतरता ही या पूरा माहौल बना दी या। या मैं किलकरिया लागू चाहिए आ, बो मे कौन बेहो थे थारो हथले कराओगो बो हाथ नहीं बहुत मरोड़ दरोड़ो क्यों फुपा अरे बेटा क्यों क्यों गई तन्ने वो इतो मौका मिले तने वा मौका बेटा तेरों बड़ है रात रात की बात है फेरा लाग जाएगा फिर तने रोज की क्लास लेगी संकट वाहम बाय बाय टाटा गुड बाय गया खून था कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं अरे छोरे ने बोली बार वही मुझे लगा छोरा भैया हाँ यार टेब तो बोलो तू जाके देखनेको अटत कौन है देखा अरे यारो, मैं तो मैं तो यारो। तो तो मेरे पसीना आ गया थे देखो नहीं नहीं है मन रुको जरा सबर गुरु। अरे वो अब थोड़ी थोड़ी के तेल थोड़ी ना दा दा, तेल ना तो दादा तो अपनो क्या रहेम्बो थम्भ थम्बो थम्भो अरे बात तो सुनो मेरी वो तेरा बुढ़ो भाई है अब कब दुब करा तेरा अब क्या कर दिया बेटा वो तेरा बुढ़ो भाई है है।, बल्ली है। आ, तो गया जे वे तुम फूंफान ने रोका। तो तो तू देकर फेरे कर आज मेरी यार शादी है आज मेरी यार शादी शादी है क्या की शादी है की हो की नहीं हो सकती हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया